हाय गाइज़ मेरा नाम है विकास दामोदर गायकोड़ और आप देख रहे हैं वीजे ज्ञान यूट्यूब चैनल मैं आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आपकी काम की चीज़ और आपकी बहुत ही बड़ी खबर आज के मैं लेकर आया हूँ आपके लिए और वो जियो वाले की जियो वालों ने वो निकाल लिया है बड़ी खबर आप देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा अपडेट लाया आप देख सुनकर दंग रह जाएंगे जियो वालों ने एक अच्छा अपडेट निकाला है मैंने आज ही देखा और आपके लिए मैं ला रहा हूँ जियो ने ख़त्म किया बार बार रिचार्ज करने का झंझट अब जियो ने क्या किया है कि बार बार रिचार्ज करने का झंझट जो ख़त्म कर दिया है उन्होंने एक अच्छा और बेनिफिट प्लान लाया आज कल क्या हो रहा है कि बहुत ही कंपटीशन चल रहा है टेलीकॉम कंपनियों के बीच उसमें एयरटेल हो गया आइडिया हो गया वडाफोन हो गया और उसके बाद में अब आए जियो और इन सब कंपनीों के कॉम्पटिशन में जियो कहाँ पीछे रहने वाला है इसलिए ने एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा अपडेट लाया है और उन्होंने कहा है ये जो प्लान है ये प्लान है तीन तीन हज़ार चार सौ निन्यानवे रुपये का प्लान है और यह अगर आप रिचार्ज मारते हैं तो आपको तीन सौ पैंसठ दिन रिचार्ज मारने का काम नहीं मतलब तीन सौ पैंसठ दिन के अकॉर्डिंग एक साल तक आपको रिचार्ज मारने का काम नहीं आपको उसमें हाई स्पीड डाटा डेटा मिलेगा और तीन जी डेटा मिलेगा इसके साथ बहुत ही अच्छा अपडेट है गाय आप भी रिचार्ज करवाना चाहे तो करवा सकते हैं बहुत ही अच्छा अपडेट है बहुत ही सिक्योर प्लान है एक साल तक टेंशन नहीं है अगर हम 199 का 300 का 250 का 500 का मारते हैं तो तुरंत ख़त्म हो जाता है लेकिन ये ऐसा प्लान है जो एक साल तक आपको टेंशन नहीं है एक बार आपने मार लिया सो मार लिया ये आज की वीडियो में इतना है मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लाई आप मुझे मुझे मालूम है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी सी प्यारी सी कमेंट करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पता है कि मैं न्यूज़ के रिलेटेड ही वीडियो करता हूँ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ मेरे पास ऐसी कौन सी फ्लैसेलिटी नहीं है कि जिस जिस जो वीडियो बनाकर मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ तो प्लीज़ मेरी बात पर ब्ल्यू कीजिए आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में